आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग आप लोगों को बताएंगे तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर शख्स सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर एक मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर तिरपन मिनट पर नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी इसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा करण जो रहेगा ये चतुष्पाद नाग और इसके उपरांत पिस्तुधन करण रहेगा